हेलो गाइज माय स्मार्ट हेल्थ सपोर्ट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे पतंजलि के दिव्य मुक्ता पिष्टी भस्म के बारे में जी दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पतंजलि के दिव्य मुक्ता पिष्टी भस्म के बारे में दोस्तों इस वीडियो में इस मुक्ता पृष्टि भस्म के मैं सारे फायदे आपको बताने वाला हूँ अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आए या आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन हो कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा मैं दो से तीन घंटे में आपकी कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको किसी भी बीमारी को लेके पर्सनल कंसल्टेशन देना हो या आपको ये दवाई चाहिए या कोई भी आयुर्वेदिक दवाई चाहिए तो मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको फ़ोन लगा के पर्सनल कंसल्टेशन पर आपको प्रोवाइड करवा दूँगा और आपको जो भी दवाई चाहिए वो भी मैं आपको भेज दूँगा तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के लिए ये जो चार मुक्ता पृष्ठी भस्म देख रहे हैं एक दो तीन चार ये चार मुक्ता पृष्ठी जो भस्म देख रहे हैं ये चार आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे देने वाला हूं तो इसको फ्री में लेने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल माई स्मार्ट हेल्थ सपोर्ट का आपको सब्सक्राइब करना है जो वीडियो के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना उसको प्रेस करके पास में जो बेल आइकोन है इसको प्रेस करके ओल नोटिफिकेशन को सेव करके इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भेजना है मतलब ओवरऑल सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सएप पे भेजना है ठीक है इसके बाद में एक वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट आपको करना है और इस वीडियो को लाइक करना है और हर बार की तरह अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के स्टेटस पर इस वीडियो को लगा के शेयर करना है अगर अभी काम कर लेते तो आपको ये चार मुक्ता पृष्टि भस्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाला हूं दोस्तों इस मुक्ता पृष्टि भस्म के ऊपर क्या क्या लिखा है सबसे पहले हम वो पढ़ लेते हैं देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है थोड़ा ज़ूम ज़ूम कर आपको देखिए दिव्य मुक्ता पिष्टी देखिए यहां पर दिव्य लिखा हुआ है तो यह कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा क्योंकि पतंजलि की जो दवाइयां बनती वो दिव्य फार्मेसी में बनती है मुक्ता पिष्टी दो ग्राम दो ग्राम की आती है आयुर्वेदिक मेडिसिन ये दवाई है दोस्तों और दवाई को अपने मन से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए इसको किसी भी डॉक्टर या फिजिशियन के कंसल्टेशन में ही इसे लेना चाहिए अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग ही क्योंकि भस्मों का अकेले सेवन नहीं किया जाता है हो सकता है कि गलत तरीके से गलत भस्म लेने पर आपको इसका कोई साइड इफेक्ट दिखे दोस्तों ये जो मुक्ता पृष्टि भस्म है ये बहुत सारी बीमारियों में काम आती है लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इसको आप एक कंप्लीट डोज के साथ लेवे आपकी क्या बीमारी है उसके साथ आपको कौन सी दवाई लेनी है कौन सी एक्स्ट्रा में में लेनी है मतलब टोटल कंप्लीट कॉम्बिनेशन के साथ जब आप इसको लेते हैं तो आपकी बीमारी को ये जड़ से ख़त्म कर देता है ठीक है अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन ठीक है तो आपको अगर इसको लेना है तो आप मुझे स्क्रीन पर जाइएगा व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मैं फोन लगा के पहले दो तीन घंटे तक आपका कंसल्टेशन करूँगा आपकी बीमारी को समझूंगा और इसके बाद में आपको मैं आ, इसको कैसे लेना है कौन सी दवाई के साथ में लेना है वो मैं आपको बताऊंगा इंडिकेशन में है यूज इन हाइपर एसिडिटी पित्त रोग आई डिजीज एक्सेट्रा ठीक है मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिटी में पित्त रोग में आंखों की प्रॉब्लम में काम आता है दोस्तों ये इसके ऊपर होलोग्राम मिलता है ये ओरिजिनल का निशान है आप जब भी ले तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिनल ले रहे हो या डुप्लीकेट ले रहे हो इसका आपको ध्यान रखना है ठीक है इस्टोर की आ, कूल एंड ड्राई प्लेस को लिखा हुआ है और ऊपर मोती बने हुए ये ओरिजिनल मोती है दोस्तों अब इसका क्या है मैं आपको बताता हूँ मुक्ता पिष्टी पीछे भी वही लिखा है और पिछहत्तर रुपए की आती है यहाँ भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लिखा हुआ है ठीक है सेवनटी फाइव रुपीज़ की आती है और दो ग्राम आती है बस इसके अलावा दोस्तों इस पे और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है जूमआउट कर देता हूँ मैं देखिए दोस्तों मैं इसके ऊपर जितना लिखा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है अब मैं थोड़ा सा आपको एक कन्फ्यूजन आपका यहाँ पे पहले दूर करना चाहूँगा कि जो मुक्ता पिष्टी होती है और एक मोती पिष्टी होती है दोनों ही एक ही दवाई होती है अलग अलग नहीं होती है मैंने इसलिए बताया है कि जब भी कभी आप दवाई लें और अगर आपको दुकान वाला मोती पिष्टी दे या कभी आप मुझे से ही खरीदें और मैं आपको अगर मोती पिष्टी दे रहा हूं तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा मोती पिष्टी और मुक्ता पिष्टी एक ही चीज होती है अलग अलग नहीं होती है ठीक है अभी देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक जनरल नॉलेज पहले देता हूँ जो मुक्ता पिष्टि या मोती पिष्टि होती है इसकी जो तासीर होती है काफ़ी ठंडी होती है इसमें गुलाब जल के साथ इसको शोधित करके बनाया जाता है तो ये ठंडी होती है तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर भस्में तो बहुत गर्म होती है हमें गर्मी सहन नहीं होती है ठीक है हम कैसे लें तो चिंता मत करो ये वाली जो भस्म है ये ठंडी है ये गर्म नहीं है ठीक है ये जो मुक्ता पिष्टि भस्म है दोस्तों या मोती पिष्टि इसमें अमीनों ऐसी कैल्शियम और खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं दोस्तों ठीक है मतलब अमीनो एसिड कैल्शियम और खनिज मतलब मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं इसमें ये जो मुक्ता भस्म होती है इसमें एंटीफ्लेमेटरी फ्लेमेटरी एंटा एसिड एंटी माइग्रोबियल एडापोलजेनिक एंटी हाइपरटेंसिव एंटी इतने सारे गुणों से ये भरपूर होती है और भी कई गुण होते हैं ठीक है तो इतने सारे गुणों से ये भरपूर होती है मतलब बहुत ही बढ़िया ये दवाई होती है अब दोस्तों मैं इसके आपको फायदे बताता हूँ कि इसके क्या क्या फायदे हैं मैं फिर से आपको बता रहा हूँ मैं जितने भी फायदे बता रहा हूँ इसके लिए आपको मन से नहीं लेना अगर आप इसको लेना चाहते तो मेरा एक बार कंसल्टेशन ले लीजिएगा इसके बाद इसका सेवन कीजिएगा देखिए ये सभी प्रकार के मानसिक रोगों में काम आता है किसी भी प्रकार की मेंटल डिजॉर्डर वो सभी में काम आता है जिन लोगों को अवसाद या डिप्रेशन बहुत ज़्यादा या बहुत कम भी है मतलब डिप्रेशन या अवसाद की प्रॉब्लम है तो ऐसे में आप इसका सेवन कर सकते हैं जिन लोगों की स्मृति भ्रंश हो गई है मनोभ्रंश हो गया है जिन लोगों का माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है दौरे पड़ते हैं ठीक है या इंसान पागल भी हो गया है तो ऐसी कंडीशन में भी ये आपको मुक्ता पृष्टिभस्म काम आएगी जिन लोगों को कफ और पित्त की प्रॉब्लम है उसको ये दूर करता है दोस्तों ये शरीर में सेरोटोनिन को कंट्रोल करता है जिन लोगों को सेरोटोनिन में बैलेंस इनबैलेंस हो गया ना तो उसको ये कंट्रोल करता है जिन लोगों को फिजूल की चिंता होती है ठीक है तो जिन लोगों को फिजुल की चिंता बहुत ज़्यादा होती है हमेशा चिंतन में डूबे रहते हैं तो ऐसे लोग अगर इसका सेवन करते हैं तो आपकी चिंता दूर हो जाती है जिन लोगों को बेचैनी रहती बहुत से लोगों को हमेशा बेचैनी बनी हुई रहती है तो बेचैनी में बहुत अच्छे से काम करता है जिन लोगों के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं देखो हाथ पैर ठंडे पड़ना से मेरा तात्पर्य यह है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कहीं झगड़ा हो रहा है तो डर आपको लग रहा है हाथ पैर आपके ठंडे हो रहे हैं आप काँप रहे हो कहीं पर बम फूट गया तो आपको डर लग रहा है आप काँप रहे हो आपके हाथ पैर काँप रहे है ठीक है एकदम से गाड़ी तेज़ी से निकल गई तो आपको डर लग रहा है आप काँप रहे हैं ठीक है मतलब आपको अंदर बॉडी के अंदर एक डर सा बना हुआ रहता है भय बना हुआ रहता है और इस कारण से आपके हाथ पैर एकदम सुन्न टाइप रहते हैं ठंडे पड़े रहते हैं तो ऐसी भी कोई कंडीशन है तो उसमें काम आता है दोस्तों ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है डाइजेस्टिव जो पावर होती है जो डाइजेशन प्रॉब्लम होती है उसको भी ठीक करता है एसिडिटी में बहुत अच्छा काम आता है हाइपर एसिडिटी में भी बहुत अच्छा ये काम आता है जिन लोगों को चिड़चिड़ापन है ठीक है भले ही वो डायबिटीज़ के कारण हो या कोई दूसरी बीमारी के कारण हो जनरली भी हो चिड़चिड़ेपन को ये बहुत जल्दी दूर करता है जिन लोगों को कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसे दूर करता है जिन लोगों को पाइल्स बवासिर फिस्टूला बगंदर हो या है चाहे खूनी पायल्स हो चाहे वादी वाला पाइल्स हो दोनों में काम करता है दोस्तों जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उनकी भूख बढ़ाता है भूख जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं या तो भूख बहुत कम लगती है बिल्कुल नहीं लगती तो कैसी भी कंडीशन होगी आपकी भूख को ये बढ़ा देगा दोस्तों इसका अगर आप सेवन नियमित रूप से करते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की परिपूर्ति जो है ये कर देता है क्योंकि इसमें काफी सारे पोषक तत्व होते हैं दोस्तों ये आपके दिल और दिल से संबंधित सभी बीमारी को दूर करता है सारी बीमारी को खत्म करता है ये आपके दिल को मजबूत करता है जिन लोगों का दिल कमज़ोर है ना उस दिल को मजबूत करता है लेकिन दोस्तों पहले ही बता दूं यहाँ पे अगर आपको किसी से प्यार हो गया और उससे आपका दिल टूट गया है तो प्यार वाले दिल को मजबूत नहीं करता है ये आपकी जो शरीर में जो दिल जुड़ा हुआ है जिसपे खून बहता है जो खून को पंप करता है उस दिल को मजबूत करता है बहुत से लोग कमेंट ऐसे करते हैं पहले मेरे वीडियोज़ पर किए हैं कुछ लोगों ने इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है मन को शांत करता है दोस्तों जिन लोगों का मन अशांत रहता है ना उनके मन को शांत करता है दोस्तों जिन लोगों को दिल की धड़कन की प्रॉब्लम है तो दिल की धड़कन की प्रॉब्लम को दूर करता है अब बहुत सारे लोगों के मेरे पास में से क्वेश्चन आते हैं कि जिनका सर हमारा दिल जो है ना बहुत तेजी से धड़ धड़ करता है धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ कुछ लोगों का ऐसे करता है और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सर हमारे दिल की धड़कन बहुत स्लो चलती है धड़ धड़ धड़ इस टाइप से चलती है तो जिसकी दिल की धड़कन धड़ धड़ धड़ चलती है उसको भी बहुत अच्छे से फायदा कर देगा और जिसकी दिल की धड़कन धड़ धड धड़ धड धड़ धड़ धड़ ऐसी होती है उसे भी बहुत अच्छा ये फ़ायदा कर देगा जिन लोगों की मांसपेशियां कमजोर है दोस्तों तो मांसपेशियों को भी ये बहुत अच्छे से जो है मजबूत करता है ठीक है शरीर में ताकत देता है मांसपेशियों को मजबूत करता है सर से लेके एडी तक की आपकी वजाइना की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है आपके पेनिस की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है कोलेस्ट्रोल लेवल को ठीक करता है जिसका कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है दोस्तों उसको ये ठीक करता है लिपिड संचय को भी रोकने में काम करता है जिससे एथेरोस्कलरोसिस और दिल के ब्लॉकेज और दिल का दौरा इन सबको ये कम करता है दोस्तों ये आपके ब्लड में क्लोट्स को ब्लड क्लोटिंग को मतलब रक्त के थक्कों को भी ठीक करता है जिनको बीपी की समस्या है तो बीपी को ये कंट्रोल करता है चाहे बीपी हाई हो या लो हो ये कंट्रोल करता है दोस्तों ये आपके हार्ट की जो वर्किंग कैपेसिटी होती है है ना उसको सुधार करके मतलब हृदय की कार्य क्षमता या फिर हृदय के कार्य में सुधार करके ये आपके कार्डियोवस्क्यूलर सहन को भी बढ़ाता है दोस्तों जिन लोगों के चमड़ी के छिद्रों में प्रॉब्लम है है ना जो चर्म के जो रो, रोम होते हैं चमड़ी के जो छिद्र होते हैं ठीक है उसमें प्रॉब्लम है तो उससे भी ये ठीक करता है दोस्तों ये आपकी बॉडी से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है टॉक्सन्स को बाहर निकाल देता है बॉडी में से विशेले पदार्थ को बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा ये काम करता है जिन लोगों को दाद, खाज, खुजली एक्जिमा, कील मुआ से या किसी भी प्रकार का कोई भी चर्म रोग हो सभी चर्म रोग में ये काम करता है दोस्तों जिन लड़कियों की या जिन लड़कों की चमड़ी में ग्लो खत्म हो गया है चमक खत्म हो गई है तो ये आपकी स्किन को ग्लो देकर चमकदार बनाता है दोस्तों जिन लोगों को अनिद्रा की प्रॉब्लम है जिसको नींद नहीं आती है या फिर नींद आने के बाद में रात में नींद खुल जाती है और फिर दोबारा नींद नहीं आती तो उसमें भी बहुत अच्छा ये जो है फायदा करता है जिन लोगों को थकावट और सुस्ती रहती है ठीक है चाहे वो किसी भी कारण हो थकावट और सुस्ती में बहुत अच्छा काम आता है जिन लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर है ठीक है तो हड्डियों को मजबूत बनाता है छोटे बच्चों की बड़े बच्चों की बुजुर्ग की सबकी हड्डियों को मजबूत बनाता है ये ठीक है जिन लोगों को अर्थेलाइटिस है ऑस्टोफोरोसिस है उसमें बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों यह जो महिला है और पुरुष है सभी की सभी हार्मोन समस्याओं को ठीक करता है मतलब लेडीज और जेंट्स लड़के लड़की की जितनी भी हारमोन्स प्रॉब्लम होती है तो हारमोन्स प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों ये लड़के और लड़कियां दोनों के प्रजनन तंत्र को मजबूत बनाता है मतलब बॉय गर्ल लेडीज जेंस ठीक है आदमी औरत इनके प्रजनन तंत्र को मतलब आपके पेनिस को आपकी वजाइना को प्लस आपके आ, जैसे जो आ, से होती है इसमें आपका यूट्रेस हो गया फोलिपन ट्यूब्स हो गई ओवरी हो गई मतलब ये पूरी चीज़ें आपके जो है प्रजनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आती है तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसको पूरे तरीके से मजबूत करता है जिन लोगों को मैंस्ट्रल प्रॉब्लम है, है ना उसमें मासिक धर्म की अनियमितता है इसमें बहुत अच्छे से काम आता है जिन लोगों को अवोल्यूशन ठीक से नहीं होता है उसमें बहुत अच्छा काम आता है जिन लेडीजों को मैंस्ट्रल साइकिल के टाइम पर जो पेन होता है जो दर्द होता है इसमें बहुत अच्छा काम जिन फीमेल को ब्ली बहुत ज्यादा होती है के पे या बहुत कम होती है दोनों ही में बहुत बहुत अच्छा अच्छा काम आता है है दोस्तों ये बहुत अच्छा ब्लड भी जिनका खून अशुद्ध हो गया है ब्लड प्यूरिफाई करना है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम आता है दोस्तों और के लिए भी औषधि का काम करता है दोस्तों मतलब मजबूत बनाता है जिन लोगों को प्री मेचर होता है मतलब अर्ली डिस्चार्ज होता है ठीक है शीघ्र पतन होता है ठीक है सेक्सुअल प्रॉब्लम यह तो इसी अगर प्री मेचर एजुकेशन हो रहा है है ना शीघ्र पतन हो रहा है तो इसमें बहुत अच्छा जो है काम करता है जिन पुरुषों को या जिन लड़कों को इरेक्टाइल डिफंक्शन मतलब लिंग में तनाव नहीं आता है ठीक है तो लिंग के तनाव को भी बहुत अच्छा ये काम कर देता है मतलब ठीक कर देता है जिन पुरुषों को अजू स्पर्मियाँ हैं या नील शुक्राणु हैं उसमें बहुत अच्छे से ये काम करता है जिन पुरुषों की सेक्स टाइमिंग कम है या जिन लेडीजों की जिन महिलाओं की सेक्स टाइमिंग कम है तो सेक्स टाइमिंग को बढ़ाने में भी ये बहुत अच्छा काम करता है मतलब ये ओवरऑल देखा जाए तो लेडीजों की और जेंट्स की लड़के की और लड़की की दोनों की इनफर्टिलिटी यानी आपका नपुसकता और बाँचपन दोनों को ही ठीक करता है ये सभी प्रकार की लीवर की जो प्रॉब्लम्स होती है सभी लीवर की प्रॉब्लम दूर करता है मतलब दोस्तों ये लीवर की प्रॉब्लम के लिए भी बहुत ही अच्छे रामबन औषधि है तो दोस्तों ऐसे ये बहुत सारी बीमारियों में काम करता है हालांकि मैंने इसमें काफ़ी सारी आपको बीमारी बताई है ठीक है लगभग 50 बीमारी तो मैंने बताई दी होगी तो ऐसे दोस्तों एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा कि मैंने फिर से बोलता हूँ जितनी भी बीमारी मैंने इसमें आपको बताई है इसमें इसको अकेले नहीं लेना है इसको प्रॉपर डोज और प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ में लेना है और आपकी क्या बीमारी उसके अनुसार अलग अलग दवाई होगी सभी व्यक्ति की और उसके साथ इसको कितने ग्राम मिक्स करना है क्या करना है तभी इसको लेना है क्योंकि भस्मों को अकेले नहीं दिया जाता है अगर आपको ये भस्म चाहिए या आप आपकी किसी भी बीमारी को लेके पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर है इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको फोन लगा के पर्सनल कंसल्टेशन प्रोवाइड करवा दूंगा या फिर आपको जो भी दवाई चाहिए वो कुरियर के द्वारा आपके घर पर मैं आपको पहुंचा दूंगा तो आशा करता हूं दोस्तों आज के वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियोज ऑफ आर आर आर रवि दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस फ्री गेम अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो कर दीजिए मैं आपको ये जो चार मुक्ता पिष्टी भस्म जो फ्री में दे रहा हूं, इसके लिए आपको क्या करना है आपको कुछ भी नहीं करना है बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ओल्ड नोटिफिकेशन को सेव करना है एक लाइक करना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट करना है और मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पे, पे भेजना है और हर बार की तरह अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के स्टेटस पे इस वीडियो को एक दिन के लिए लगाना है अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपको ये चार मुख्ता पिश्ती बस में जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं देने वाला हूँ तो आशा करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम